सब तो कुछ ऐसा कर कमाल कितरा हो जाऊ रे तुम कोई थो सब कुछ ऐसा कर कमाल कितना हो जाऊ सियार गाँव फिलहाल गाँव फिलहाल कितरा हो जाऊर गह